लग जागले के फिर हसीरात हो शायद फिर से जन्म समे भी है, मेरी महुआ कितनी बेचन तुमसे मिली तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली जो भी कस मे खाए थे किया तो जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद सनम चले आए तो हम चले चले चले आए चले आए वीर चले चले दर पर सनम चले आए राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर में नया प्यार है नया इंतजार कर लू मैं क्या अपना दिल में करा मेरे दिल में करा तू ही बता दिखाए अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है क्या करूँ कुछ कुछ होता है क्या करूं हाए? कुछ कुछ होता है चांद जब तक रात देता है हर कोई साथ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 को तो प्यार सजना लाख कर ले तू तो इनकार सजना है ये प्यार सजना है ये प्यार सजना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहा जाए कितनी तुमसे मिली तुमको क्या थी थी खबर मैं क्यों एक पल की जुदाई सही जाए ना क्यों हर सुबह तू तो मेरी सासू समाया तू मेरी सांसों में समाया जाना तू मेरे पास तू का इतना प्यार मैं कितनी रात गुजारी है तेरे इंतज़ार कैसे बताओ जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा है गो बताए तुझे पहचीद राह चाहें तुम गो भी चाहे तक रुक दे लगे ni okay. मैं तो तुम्हारे लिए jo gira